आ, ले मैं बूढ़ी बेसहारा औरत हूँ मेरा पचास रुपया यहीं कहीं गिर गया है जिस किसी को भी मिले मुझे लौटा दें मेरा घर यहीं गली के आखिर में है बेचारी बूढ़ी औरत का पचास रुपया गिर गया यहाँ पे हो सकता है किसी ने उठा लिया हो अब यहाँ पचास रुपया कहाँ ढूंढेंगे चलो किसी की मदद हो जाएगी मैं अपनी जेब ऐसी दे देता हूँ हाँ, अम्मा ये आपका पैसा गिरा था वहाँ पे ये मुझे मिला है आप ले लीजिए पैसा रख लीजिए हमारा पैसा नहीं है कोई हमारा हालत देख के दुआ करके पटका दे कागज जाते जाते कागज काट दिए ऐसी आठ जाने पैसा देके के गए